जय हिंद ये दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास का मास्टर वीडियो है इसमें लगभग ऐसे सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न समाहित कर दिए गए हैं जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है वो सभी एग्जाम जिनमें की इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है कुतुबुद्दीन एबक दिल्ली का सुल्तान कब बना ऑप्शन ए है 1240 सौ ईस्वी में बी बारह सौ ईस्वी में सी बारह सौ ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी बारह सौ ईस्वी में तो आप लोग मेरे साथ पेपर पेन लेकर सॉल्व करिए फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके बने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बारह सौ ईस्वी में प्रश्न नंबर दो दिल्ली में गुलाम हंस का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन एबक को बी इल्तुतमिस को सी बलबन को या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी को तो इस प्रश्न का जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुत प्रश्न नंबर तीन चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था ऑप्शन ए बलबन बी कुतुबुद्दीन एबक सी इल्तुतमिस या फिर डी रजिया बेगम प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ने चालीसा मंडल का गठन किया था प्रश्न नंबर चार रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण एल्फिंस्टन ने क्या माना है ऑप्शन ए उसका स्त्री होना बी याकू याकूद से प्रेम होना सी पर्दा प्रथा का त्यागना या फिर डी तुर्की अमीरों का विरोध प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उसका स्त्री होना ये एक इतिहासकार है एल्फिस्टन उनके अनुसार है प्रश्न नंबर पाँच राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन एबक ने बी इलतुतमिस ने सी बलबन ने या फिर डी रजिया बेगम ने तो प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलबन ने प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था ऑप्शन ए आमिर खुसरो, बी अमीर हसन सी अब्बास खां शेरवानी या फिर डी मिन उराज तो बताइए जल्दी से प्रश्न नंबर छह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अब्बास खां शेरवानी प्रश्न नंबर सात चालीसा मंडल को निम्नलिखित में कौन से सुल्तान ने भंग किया था ऑप्शन ए इलतुतमिश ने बी कुतुबुद्दीन एबक ने सी रजिया सुल्तान ने या फिर डी बलबन ने तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बलमन ने प्रश्न नंबर आठ सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा तो हम मिला रहे हैं जो दीवाने अर्ज है इसका जो सूची टू में मिलान होगा वो होगा सैन्य विभाग से सिजिदा सिजिदा का संबंध है डंडवत होने की प्रथा से पाबोस का संबंध है कदम चूमने से और अपरास याप का संबंध है वंश से ई वन टू फोर तो देखते हैं किस ऑप्शन में है थ्री वन टू फोर इस प्रकार से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक बार फिर से मैच कर लेते हैं दीवाने अर्ज का संबंध होगा सैन्य विभाग से सिजदा का दंडवत होने की प्रथा से पाबोस का कदम चूमने की प्रथा से और सियाप जो है है। एक वंश तो इस प्रकार से ए का थ्री से बी का वन से सी का टू से और डी का फोर से होगा इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी तुर्क नहीं था ऑप्शन ए एलतुतमिस बी कुतुबुद्दीन एबक सी बलबन या फिर डी रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन एबक प्रश्न नंबर 10 आरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में किसको है ऑप्शन ए इतुत बी कुतुबुद्दीन एबक सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन महमूद शाह तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलतुत प्रश्न नंबर 11 सल्तनत काल में अमीर ए आखूर कहा जाता था कौन ऑप्शन ए है सैन्य विभाग का प्रमुख बी असाला का प्रमुख सी राजस्व विभाग का प्रमुख या फिर डी धार्मिक प्रमुख प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असाला का प्रमुख सल्तनत काल में अमीर आखूर कहलाता था प्रश्न नंबर बारह तबकत नासरी किसकी कृति है ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी बी मिनहासराज सी अमीर हसन या फिर डी आमिर खुसरो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिनहास उज सिराज की रचना है तबकात नासिरी प्रश्न नंबर 13 गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था या गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी बी कुतुबुद्दीन एबक सी बलबन या फिर डी इलतुतमिस तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलतुतमिस को गुलाम का गुलाम कहा गया था प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सी की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी नहीं थी ऑप्शन ए आगरा बी लाहौर सी बदायूं या फिर डी दिल्ली प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 15 कुतुबुद्दीन एबक की मृत्यु कैसे हुई थी ऑप्शन ए उनके एक महत्वाकांक्षी कुलून व्यक्ति ने कपड़ से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी थी या फिर ऑप्शन बी पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदोज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी या फिर सी बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई या फिर डी चौगान की क्रीडा करते समय अश से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई तो ये बताना है कि कुतुबुग्न एवक की मृत्यु किस कारण से हुई थी तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि चौगान की क्रीडा करते समय घोड़े से गिर गए थे कुतुबुद उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी प्रश्न नंबर 16 अढ़ाई का झोपड़ा क्या है ऑप्शन ए एक मस्जिद बी मंदिर सी मीनार या फिर डी संत की झोपड़ी तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन सी तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्जिद प्रश्न नंबर सत्रह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्स के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए बी बलबन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन एबक प्रश्न प्रश्न नंबर अठारह निम्नलिखित में इस, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी ऑप्शन ए रजिया सुल्तान बी चांद बीबी सी दुर्गावती या फिर ऑप्शन डी नूरजहां। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ध्यानपूर्वक बताना ही बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था प्रश्न नंबर 19 मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके शासनकाल में आया था ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी बी इल्तुतमिश सी बलबन या फिर डी ए तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश बता रहे हैं क्योंकि मास्टर वीडियो है कम से कम ये नब्बे सवाल हैं तो उसमें टाइम लगेगा हम सोचते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए आप लोगों की तो प्रश्न नंबर बीस दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था ऑप्शन ए इलतुतमिस बी रजिया सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी तो इसमें यही बताना है कि कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एलतुतमिस प्रश्न नंबर 21। चंगेज खां का मूल नाम क्या था ऑप्शन ए खासुल खान बी एसुगई सी तेमुचिन या फिर डी ओग तो इसमें चंगेज खां का मूल नाम बताना है तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेमुचिन प्रश्न नंबर 22 अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाध धारण की उस उपाधि का नाम आपको बताना है ऑप्शन ए है तूतीय हिंद बी कैसरे हिंद सी जिल्ले इलाही डी दीन इलाही तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है तूतीय हिंद तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिल्ले इलाही प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल्बन के संबंध में सत्य नहीं है ऑप्शन ए उसने निया उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया बी उसने एकताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया सी उसने त्रुकाने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया या फिर डी उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया तो प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उसने एकताधारी व्यवस्था का प्रारम्भ किया था ये कथन सही नहीं है बाकी ए सी और डी सही हैं प्रश्न नंबर चौबीस खिलजी वंश का संस्थापक कौन था ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी बी अलाउद्दीन खिलजी सी सिहाबुद्दीन खिलजी या फिर डी आराम शाह खिलजी तो प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर बता दीजिए आप लोग प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर 25 दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन खिलजी बी मुबारक खिल सी खिल दी उमर खिलजी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर छब्बीस निम्न मुस्लिम भाषाओं में किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया ऑप्शन ए इलतुतमिस बी अलाउद्दीन खिलजी सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी शेरशाह सूरी प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर सत्ताईस अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनानायक कौन था ऑप्शन ए खिजिर खां बी सिहाबुद्दीन उमर सी मलिकाफूर डी अली गुरसार काफूर प्रश्न नंबर 28 राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है ऑप्शन ए इलतुतमिस को बी मोहम्मद बिन तुगलक को सी सिकंदर लोधी को या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी को प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी को प्रश्न नंबर उन्तीस निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है एक है एक नंबर एक कथन एक है अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल हो गए थे क्या ये सही है तो ये सही नहीं है क्योंकि विफल नहीं हुए थे सफल हुए थे कथन दो है अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जिससे साम्राज्य विस्तार के संसाधनों का अभाव हो गया ये भी कथन गलत है क्योंकि इसमें जो है आर्थिक स्थिति मजबूत की थी और साम्राज्य विस्तार के साधनों का भी अभाव नहीं जबकि अभाव नहीं हुआ था तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना तो दो सही है प्रश्न नंबर तीस दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन माप पैमाइश जिसे कहते हैं को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खत और मुकदम को भी भू राजस्व देने को कहा जिस तरह आम जनता देती थी किसने कहा था बलबन ने हिलतुदमिस ने जलालुद्दीन खिलजी ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रश्न नंबर 31 घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था ऑप्शन ए बलबन भी अलाउद्दीन खिलजी सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न नंबर इकतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर बत्तीस अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा था रखा था ऑप्शन ए चित्तौड़ बी देवगिरी सी मालवा या फिर डी गुजरात प्रश्न नंबर बत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़ प्रश्न नंबर दीवाने रियासत का कार्य क्या था ऑप्शन ए गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण बी सैनिक भर्ती का कार्य सी व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण या फिर डी सत्ता संचालन का कार्य तो बताना है दीवाने रियासत का कार्य क्या था प्रश्न नंबर तैतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण प्रश्न नंबर चौंतीस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरि का शासक कौन था ऑप्शन ए रामचंद्र देव बी प्रताप रुद्र देव सी मलिक काफूर या फिर डी राणा रतन सिंह तो प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव देवगिर के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब प्रश्न नंबर 35 निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी बी अलाउद्दीन खिलजी सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी बलबन तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर 36 तेरह सौ के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी ऑप्शन ए ब्यास नदी बी रावी नदी सी सिंधु नदी या फिर डी सतलज नदी तो प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी प्रश्न नंबर सैंतीस मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था ऑप्शन ए 1296 ईस्वी में बी 1325 ईस्वी में सी तेरह ईस्वी में या फिर डी 1320 ईस्वी में तो प्रश्न नंबर सैंतीस का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी 1325 तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 38 दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक बी फिरोसा तुगलक सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर उन्तालीस फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही बी फतहात फिरोज शाही सी तुगलक नामा या फिर डी फतवा जहांदारी ऑप्शन डी फतवा जहांदारी बताइए प्रश्न नंबर उन्तालीस का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फुतवा तिरोज शाही फुतवा तिरोज शाही प्रश्न नंबर चालीस निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसने जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन अलिया ने कहा था दिल्ली ये भी दूर है ऑप्शन बी ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तलक बी अलाउद्दीन खिलजी सी बलबन या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन अवलिया ने कहा था दिल्ली भी दूर है प्रश्न नंबर इकतालीस निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसने जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रणाम प्रमाण मिले हैं ऑप्शन ए अकबर बी मोहम्मद बिन तुगलक सी इब्राहिम लोदी या फिर डी फिरोज शाह तुगलक तो प्रश्न नंबर इकतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर बयालीस निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक बी बलबन सी अलाउद्दीन किली या फिर डी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से किस नगर की या किन नगरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था नंबर एक है फतेहाबाद बी फिरोजाबाद सी फैजाबाद चार जौनपुर पांच हिसार फिरोजा और छः फिरोजपुर इसमें यह बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने किन नगरों का निर्माण करवाया है और इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका निर्माण नहीं करवाया है वही इनमें छांटना है तो प्रश्न नंबर तैंतालीस का सही उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा तो फतेहाबाद का निर्माण कराया था फिरोजाबाद का कराया था जबकि फैजाबाद का नहीं कराया था जौनपुर का भी करवाया था हिसार और फिरोजा का भी और फिरोजपुर का भी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी one, two, four, five, मतलब ये है कि फैजाबाद को छोड़ दीजिए बाकी सभी नगरों का निर्माण तुगलक ने करवाया था प्रश्न नंबर चवालीस निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर बधाई उन्हीं ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी बी गयासुद्दीन तुगलक सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी इल्तुतमिस तो प्रश्न नंबर चवालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर पैंतालीस मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद बी फिरोज शाह तुगलक सी इल्तुतमिस या फिर डी खिजर तो प्रश्न नंबर पैंतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद प्रश्न नंबर छियालीस ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान कौन था ऑप्शन ए गैसुद्दीन तुगलक बी बलबन सी फिरोजशाह तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक तो प्रश्न नंबर छियालीस का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न नंबर सैतालीस अब न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था ऑप्शन ए बहलोल उद्दीन बी फिरोज शाह तुगलक सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर सैतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर अड़तालीस होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था ऑप्शन ए फिर तुगलक बी मोहम्मद बिन तुगलक सी सिकंदर लोदी या फिर डी इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर 50 मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया बी है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धत शुरू की सी है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे डी है फिरोज साह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है जो चार कथन दिए हैं उसमें से तो इस प्रकार प्रश्न नंबर उनचास का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि फिरोज साह तुगलक ने गुलामों का एक नया अलग विभाग स्थापित किया था प्रश्न नंबर 50 दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंति, अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन सा था ऑप्शन ए फिरोजा तुगलक बी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सी नसीरुद्दीन महमूद या फिर डी नुसरत शाह प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद प्रश्न नंबर 51 दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था ऑप्शन ए इलतुतमिस बी ग्यासुद्दीन तुगलक सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी सिकंदर लोधी तो प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोजशाह तुगलक प्रश्न नंबर बावन टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी बी फिरोज शाह तुगलक सी मोहम्मद गोरी या फिर डी सिकंदर लोधी तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न नंबर तिरपन दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक बी फिरोज शाह तुगलक सी अकबर या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर आप लोगों ने यदि लगाया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर चौवन भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था ऑप्शन ए अकबर ने बी अलाउद्दीन खिलजी ने सी बहलोलुद्दीन ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रश्न नंबर पचपन सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था प्रश्न नंबर 55 सैयद वंश का संस्थापक कौन था ऑप्शन ए तैमूर बी मुबारक शाह सी मोहम्मद शाह या फिर डी खिजर प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खिजर प्रश्न नंबर छप्पन तारीख मुबारक शाह किसकी जीवनी है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह बी मुबारक शाह सी मोहम्मद कासिम या फिर डी खिजर प्रश्न नंबर छप्पन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुबारक शाह प्रश्न नंबर सत्तावन बहरलाल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपधस्त कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी ऑप्शन ए अलाउद्दीन शाह बी मोहम्मद शाह मुबारक शाह या इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन शाह को अपधस्त करके दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने प्रश्न नंबर सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कथन एक है इसमें इसने बहलो लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया कथन दो है इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानी अफगानों को स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया अब इसमें बताना है सिकंदर लोदी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं यह है तो कथन एक और कथन दो, दोनों सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रश्न नंबर उन्सठ गुल उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था ऑप्शन ए बहलो लोधी बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं प्रश्न नंबर उनसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी प्रश्न नंबर 60 लज्जते सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है ऑप्शन ए राजनीति से बी अर्थनीति से सी आयुर्वेद से या फिर डी संगीत से प्रश्न नंबर साठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संगीत से अब आप लोगों को एक सवाल और कमेंट बॉक्स में बताना है अभी कि लज्जते ए सिकंदर शाही जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है प्रश्न नंबर इकसठ किस लोधी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमा, पैमाना चलवाया था ऑप्शन ए महलो लोधी बी इब्राहिम लोधी सी सिकंदर लोधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं प्रश्न नंबर इकसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी पैमाना चलवाया था प्रश्न नंबर बासठ मियाँ भुआ जिसने तिब्बे सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की किसकी किसका वजीर था मियाँ भुआ ऑप्शन ए बहलो लोधी का बी सिकंदर लोधी का सी इब्राहिम लोधी का या फिर डी बाबर का प्रश्न नंबर बासठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी का तिरसठ लोदी काल की प्रमुख इमारत मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है ऑप्शन ए दिल्ली में बी पटना में सी आगरा में या फिर डी जौनपुर में प्रश्न नंबर तिरसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में प्रश्न नंबर चौसठ तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर मुल्तान और दीपालपुर का दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था ऑप्शन ए दौलत खां को बी खिजर खां को सी मुबारक शाह को या फिर डी मोहम्मद शाह को प्रश्न नंबर चौंसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खिजर खां को प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल्क के थे ऑप्शन ए खिलजी बी तुगलक सी सैद या फिर डी लोधी प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो लोधी वंश के शासक थे वो अफगान के मूल निवासी थे किस सुल्तान ने आगरा नगर को बताया था ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने बी फिरोजा तुगलक ने सी बहलोल लोधी ने और डी सिकंदर लोधी ने तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी ने प्रश्न नंबर सरसठ महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था ऑप्शन ए खतौली का युद्ध बी सारंगपुर का युद्ध सी शिवाना का युद्ध या फिर डी खानवा का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खतौली का युद्ध प्रश्न नंबर अड़सठ दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है ऑप्शन ए पहले सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बहलो लोदी या फिर बी पहले सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद बहलो लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी या फिर सी पहले बहलो लोदी, या फिर सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी बहलो लोधी इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर लोधी तो इसमें बताना है कि सही जो क्रम है शासन का वो क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पहले बहलोल लोधी आया फिर सिकंदर लोधी फिर इब्राहिम लोधी प्रश्न नंबर उनहत्तर तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ ऑप्शन ए लोदी बी सैयद सी तुगलक या फिर डी खिलजी वंश प्रश्न नंबर उनहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सैयद वंश प्रश्न नंबर सत्तर विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कथन एक है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी कथन दो है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते बिल्कुल सही है कतन एक, कतन है कथन कथन एक कारखानों के निजी स्वामी एक कर देते थे ये भी कथन है तो इस प्रकार से ये दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी एक और दो दोनों प्रश्न नंबर इकहत्तर जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी आप शन गुद्दीन तुगलक के बी मोहम्मद जमुना खां के सी फिरोज शाह के या फिर डी अकबर के तो प्रश्न नंबर इकहत्तर का सही उत्तर होगा मोहम्मद जमुना खां मोहम्मद जमुना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं प्रश्न नंबर बहत्तर सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है आप शन आगरा बी दिल्ली सी जौनपुर या फिर डी वाराणसी तो प्रश्न नंबर बहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था सर की सुल्तानों के समय में प्रश्न नंबर तिहत्तर कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था कौन थे आपसरे शमसुद्दीन शाह बी सिकंदर बुद्ध सिकंद बी हैदर शाह या फिर डी जैन उल तो प्रश्न नंबर तिहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयन आब्दीन प्रश्न नंबर चौहत्तर इसमें सही युग्म युगमित नहीं है और चिन्हित करना है सही युग्म में नहीं है चिन्हित करें कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो जल्दी बताइए प्रश्न नंबर चौहत्तर का सही उत्तर क्या होगा तो मिला लेते हैं बाज बहादुर मालवा सही है कुतुब शाह गोलकुंडा सही है सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात जबकि यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से नहीं है तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी प्रश्न नंबर पचहत्तर दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे ऑप्शन ए साधारण जमीदार बी महाजन श्री छेत्री प्रसाद और अन्य नियंत्रण अधिकारी या फिर डी नवधनाड्य व्यापारी तो प्रश्न नंबर पचहत्तर का सही उत्तर आप लोगों को जल्दी बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण अधिकारी होते थे दक्षिण भारत के पोलीगार प्रश्न नंबर छिहत्तर निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था ऑप्शन ए जैन आब्दीन बी मोहम्मद बिन तुगलक सी हुसैन शाह सरकी या फिर डी अकबर तो प्रश्न नंबर छिहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैनुल आब्दीन। प्रश्न नंबर 77 बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन ने बी अली आबिद शाह ने सी हुसैन निजाम शाह ने या फिर डी मुजाहिद शाह ने तो प्रश्न नंबर सतत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन एलाउद्दीन हसन ने प्रश्न नंबर अठहत्तर सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है सूची वन में राज्य हैं जबकि सूची टू में राजवंश है तो इमादशाही थी बिल्कुल सही है बीजापुर में आदिल शाही थी अहमदनगर में निजाम शाही थी जबकि गोलकुंडा में कुतुब शाही थी इस प्रकार से प्रश्न नंबर अठहत्तर का जो सही उत्तर होगा तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर उन्यासी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का बारंगल के काकतीयों के सामंत थे बी इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरिहर बुक्का को मोहम्मद शाह बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के विद्रोह दमन के लिए भेजा था सी हरिहर बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे या फिर चार हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बताया था इसमें बताना है कि कौन से कथन या कथन सत्य हैं तो प्रश्न नंबर उन्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं ये जो कथन दिए हैं ये सभी के सभी गलत हैं प्रश्न नंबर अस्सी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था ऑप्शन ए मोहम्मद शाह बी हुसैन शाह सी मोहम्मद शाह या फिर डी इब्राहिम शाह तो प्रश्न नंबर अस्सी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हुसैन शाह प्रश्न नंबर इक्यासी आमुक्त माल्य आमुक्त माल्यध किस शासक की रचना है ऑप्शन ए देवराय प्रथम नरसिंह तुलु बिरूपाच या फिर कृष्णदेव राय की तो प्रश्न नंबर इक्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त माल्यद प्रश्न नंबर बयासी किस संगम वंशी राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था ऑप्शन ए बुक्का प्रथम हर ने बी हरिहर द्वितीय ने सी हरिहर प्रथम ने या फिर डी बुक्का द्वितीय ने प्रश्न नंबर बयासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुक्का प्रथम ने बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था प्रश्न नंबर तिरासी कृष्णदेव क्रिणस्दे, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी ऑप्शन ए वारंगल बी नगलापुर सी उदयगिरी या फिर डी चंदगिरी तो प्रश्न नंबर तिरासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आप नगलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने चौरासी अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के राजकाल में बी देवराय द्वितीय के राजकाल में।, राज में सी कृष्णदेव राय के राजकाल में या फिर डी वीर विजय के राजकाल में अब्दुल रजाक प्रश्न नंबर चौरासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देव द्वितीय के राजकाल में आया था अब्दुल अब्दुल अब्दुल रज़ाक। रज़ाक रज़ाक अब आप लोगों को एक तीसरा प्रश्न प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस देश का निवासी था? रजाक किस देश का का निवासी निवासी था? का था? नंबर पचास निकोलो डी कौन था ऑप्शन एक प्रसिद्ध चित्रकार या बी इटली का एक जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी या फिर एक पुर्तगाली यात्री या फिर डी एक ईरानी यात्री तो निकोलो डी कांटी के बारे में बताना है कि कौन था तो प्रश्न नंबर ८५ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी प्रश्न नंबर ८६ वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार साइड को आश्रय प्राप्त था किसका ऑप्शन ए परमार राजाओं का बी सातवाहन राजाओं का सी विजयनगर राजाओं का या फिर डी वकाटक राजाओं का तो प्रश्न नंबर छियासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का प्रश्न नंबर अट्ठासी ताली कोटा का युद्ध जो कि पंद्रह में लड़ा गया था किसके बीच हुआ था ऑप्शन ए अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच बी विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच सी विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर और गोलकिंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच या फिर डी शेरशाह और हिमायु के बीच तो ये बताना है कि तालीकोटा का युद्ध जो पंद्रह तो में लड़ा गया था किन के बीच हुआ था प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच प्रश्न नंबर नवासी 1303 में कागती शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था ए इंतुत्मिस की बी बलबन की श्री अलाउद्दीन खिलजी की या फिर डी मोहम्मद तुगलक की प्रश्न नंबर नवासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को प्रश्न नंबर नब्बे प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके छप्पन तक्षित स्तंभ संगीत महेश्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है ऑप्शन ए बेलूर में बी भद्राचलम में सी हंपी में या फिर डी श्रीरंगम में तो प्रश्न नंबर नब्बे का सही उत्तर है ऑप्शन सी हंपी में तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर नब्बे इस प्रश्न का इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था ये आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन ऑल पर करें और हमारे चैनल को शेयर करें मध्यकालीन इतिहास से संबंधित लगभग सारे प्रश्न इसी में समाहित हैं इससे बढ़कर आने के चांस बहुत कम हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद